जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है तुम बंजारा साहब डॉक्टर इंजीनियर हमें तो बोझ में जाना चाहिए। जा